तो फाइनली इसका लुक आप देख सकते हैं गाइस क्या अमेजिंग लुक है लुक के कारण नहीं आप इसके फीचर्स से ले सकते हैं मैं इसके फीचर्स के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ पहले हेलो गाइस कैसे हैं आई होप आप अच्छे होंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमेशा मैं आपके लिए कंटेंट लेकर क्या रहता रहता हूं तो आज का हमारा जो कंटेंट है गाइज़ ये हमारा सुगोन का है ये हमारा एस के ऊपर वीडियो है इसके हम फुल अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका यूज़ करके भी आपको थोड़ा दिखाएँगे कि बेसिकली आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आप देख सकते हैं एट सिक्स आपने देखा होगा जो अभी तक सुगोन का जो मॉडल देखा है एट देखा होगा ये उसका प्रो वर्जन है डी एक्स यहाँ आप देख सकते हैं जो कि एयर वैल्यू आपको दिखाई दे रही है तो इसके साथ साथ क्या क्या मिलता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को लास्ट इंट का देखेगा अगर आपको पता है तो वीडियो को इस... स्किप कर सकते हैं नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट इंट तक जरूर देखिएगा गाइज तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं इसमें अंदर हम क्या क्या मिलता है सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और यहां पर हम देखेंगे गाइज की इसके साथ क्या क्या मिलता है तो चलिए वीडियो को बने रहें फटाफट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि इस वीडियो में इस बॉक्स में क्या क्या है फिर इसकी सेमडी को निकाल करके आपको दिखाएंगे फिर इसका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसके प्राइस को भी मैंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे और या तो डीलर का नंबर दे देंगे वहां से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं तो चलिए फटाफट इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग तो गाइज आपको फर्स्ट में यहां पे मिल जाता है इसका मैनुअल कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें इसके बाद आप देख सकते हैं प्यारा सा लुक है एसएमडी का बहुत ही अच्छा प्रीमियम वर्जन आपको दिखाई देगा यहाँ पर तो मैं इसको चलिए फ़टाफट बाहर निकाल लेता हूँ फिर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ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 बगल से साइड से और यहाँ पे आपके सारे फीचर्स को मैं यहाँ पे दिखा दूँ गाइज कि आप देख सकते हैं क्या प्रीमियम लुक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सुगौन का ब्रांडिंग यहाँ पे मॉडल्स सिक्स एट आपने यहाँ पे देख रहे हैं, एयर वैल्यू 300 सौ मैं ये सारा भी इसके फंक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ फिलहाल मैं इसके जो इसका लुक है क्या अमेजिंग लुक है आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज़ तो मैं इसके सारे इंटरफेस को यहाँ पर बताने वाला हूँ ये इसका हैंडल है जैसे कि आप देख सकते हैं ये आप यहाँ पर स्टैंड देख सकते हैं इसके साथ इसके नोजल्स आ सकते हैं नोज़ल्स की हम खास बात अभी आपको बताने वाले हैं कि नोज़ल में क्या ख़ास बात है जो कि खास ये पूरा ही है जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे गाइस यहाँ पे प्रीमियम है बहुत ही और यहाँ पे देख सकते हैं इसके नोज़ल के स्टैंड बने हुए हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ तो चलिए इसके फटाफट मैं यहाँ पर नोज़ल्स को लगा देता हूँ और इसके जो खास खास फ़ीचर्स हैं वो सारे फ़ीचर्स को मैं यहाँ पर मेन्सन कर देता हूँ तो गाइज़ देखिए हमने यहाँ पे नोजल्स को लगा दिए हैं छह नोज़ल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले ख़ास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आपने जो नोज़ल अभी तक देखा होगा आपको नोज़ल में बता दूं ये तो नोज़ल्स के साइज़ हैं बाकी आपको पता ही है सारा चीज़ बाकी इसका जो खास है मैं आपको बता दूँ ये आपका नॉर्मल नोज़ल है आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मल नोजल है तो गाइज ये देख सकते हैं नॉर्मल नोजल है और खास इसमें क्या है कि आपको स्पायरल नोजल देखने को मिल जाता है मतलब जिसका एयर का फ्लो है वो आपका घूम करके जाएगा स्पायरल तरीके से तो ये सबसे एक खास बात है प्रीमियम खास बात है कि जो आपका एयर है वो डायरेक्ट न जा करके आपके कंपोनेंट या फिर जिसमें आप काम कर रहे हो आपका सेफ यहाँ पर रहेगा तो सबसे मस्ट खास बात यह आपको नोजल के थ्रू हमने बताया कि एक नॉर्मल मिल जाएगा और यहाँ पर एक स्पायरल मिल जाएगा ये यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी नोजल्स की सारी साइजें हैं छः नोजल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और यहीं पर क्या खास बात है फीचर्स की फ्रेंट जैसा कि आपने 861 में देखा होगा कि आपको जो नोज़ल अगर चेंज करना है तो नोज़ल को आपको यहाँ पे स्टैंड में आने के बाद नोज़ल को आप चेंज करते हैं बट यहाँ पे आप क्या करना है जैसे देख सकते हैं ये हैंडल हुआ हमारा आप यहीं से इसको हैंडल को लगा सकते हैं और अगर गाइज निकालना भी हुआ तो आप यहाँ पर साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है जैसे आपने लगाने के लिए देखा फिर आप यहाँ पे साइड में आप देखेंगे कि गैप दिया हुआ है आप यहाँ से बहुत इजी तरीके से नोज़ल को निकाल सकते हैं मतलब यहाँ से निकाल भी सकते हैं और बहुत इजी तरीके से लगा भी सकते हैं बाकी अगर नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जा करके नोज़ल को यहाँ पर निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं तो ये थे इसके नोज़ल्स की खासियत जो कि आप हमने पे यहां पे आपको हमने यहाँ पर बताई यहाँ पर आपको छः नोज़ल देखने को मिल जाते हैं दो आपको स्परन मिल जाएंगे और बाकी आपको चार मिल जाएंगी नॉर्मल मिल जाएगी गाइस तो ये ज़्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पर मेन्सन करता है चलिए अब हम फटाफट इसके नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट इसके फीचर्स के बारे में आ जाते हैं तो जिसका नेक्स्ट फीचर है गाइज मैं आपको बता दूं कि जो इसकी टम्परेचर है ये टेम्परेचर का है ये हमारा चैनल है कि वन में टू में थ्री और फोर आपने ज़्यादातर देखा होगा तीन चैनल का देखा होगा ये हमारा चार चैनल का है और यहाँ पर आपने देखा एयर और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं ये आपका पावर ऑन ऑफ अभीमैस की लुक को चालू करके भी आपको दिखाऊँगा कि बेसिकली इसमें क्या और एक्स्ट्रा है सारी चीज़ें डीएक्स में तो गाइज इसमें सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें तो आपने देखा होगा इसका जो टेम्परेचर है ये हमारा टेम्परेचर चला जाता है तो इसका टेम्पेचर है 500 मतलब ये 500 सौ में चला जाता है उसका जो एयर है गाइस आपने देखा होगा डेढ़ देख पर इसका जो एयर है यहाँ पे लिखा भी हुआ है 200 तक एयर चला जाता है तो चलिए फटाफट इसको हम एक बार ऑन कर देते हैं और इसका आपको लुक दिखा देते हैं गाइस क्या प्रीमियम ऑसम मतलब आप अगर इसको सेटअप को यूज़ करते हैं तो क्या औसम लुक होने वाला है गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो तो चलिए देखिए अभी हमारा हैंडल रखा हुआ है यहाँ पर आपका जो जितना आप सेट करेंगे आपका यहाँ पर टेम्परेचर शो होगा यहाँ पर आपका करेंट का टेम्परेचर शो होगा जब आप इसको यूज़ करेंगे मतलब जितने में आपने इसको सेट किया है तीन साढ़े तीन सौ क्योंकि खास बात मैंने पहले बता दी कि पाँच सौ तक चला जाता है दूसरी चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे करंट में टेम्परेचर होगा वो शो करेगा और यहाँ पे एयर शो करेगा तो चलिए यहाँ पे हम इसको ओपन उठाते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने इसको उठा दिया है अब आप देखेंगे बहुत ही कम समय में ये अपना तीन पे सेट है और ये तीन कितने कुछ सेकेंड में यहाँ पर हो गया और इसके एयर को फ्लो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोर्टी एयर है अब इसके मैं टेम्परेचर को आपको बढ़ा देता हूँ या टेम्परेचर आप देखोगे गाइज तो आपने जितने भी देखा होगा 500 और ये 500 आने में भी बहुत कम समय में आप यहाँ पे हमारा टेम्परेचर मेन्टेन हो गया करेंट और यहाँ पे एयर देख सकते हैं तो मैं एक बार एयर भी आपको दिखा देता हूँ 200 सौ एयर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये देख सकते हैं गाइज इसकी वॉइस को भी आप सुन सकते हैं मतलब 200 सौ एयर और यहाँ पे हमारा 500 सौ गाइस तो ये है इसका प्रीमियम लुक और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में इसकी टेम्परेचर को मेंटेन करता है अगर इसको आप साढ़े चार सौ करते हैं तो साढ़े चार सौ आने में कुछ ही सेकंड लगता है बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है जो कि इसका प्रीमियम लुक और यहाँ पे जो इसका वर्क है आप में यहाँ पर देखेंगे सेफ़ और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई ई एस सेफ मतलब जो प्लास्टिक के कॉम्पोनेट्स होंगे बहुत ही रियर केस में जलने वाले हैं तो आपके प्लास्टिक कॉम्पोनेंट भी सेफ रहेंगे यहाँ पर आप सेट कर सकते हो बाकी ओवरऑल इसका वीडियो मैंने बना दिया है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसका या हमारी वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है ये जानकारी जो मैंने आपको दी है इसको आप ले सकते हैं ये आपका 14 चौदह हज़ार के एवो में है जो कि इसका अगर आप अपने शॉप में भी रखते हैं तो काफ़ी इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा प्रीमियम लुक होने वाला है लुक के साथ साथ काम भी स्मार्ट होगा काम स्मार्ट होने के साथ आपने देखा कि, कि कितने समय में कितने कम समय में हमारे यहाँ पर टेम्परेचर मैंटेन हो गया जैसा कि आपने देखा था और यहाँ पर इसका एय एयर दो जाता है जो कि आपने प्रैक्टिकल दिखा है पाँच सौ यहाँ हिट चली गई वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल तौर से दिखाया तो क्या वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको सीएमडी कैसी लगी थैंक यू सो मच और इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नंबर दे दूंगा कि आप वहाँ से परचेज कर सकते हो ये आपका अब अब के समथिंग में आपको मिल जाएगा बाकी आप डीलर से बात करके अपना निगोसिएशन कर सकते हैं चलिए थैंक यू सो मच